हेलो एवरीवन वन शमशरेली दिस साइड ये भाई खड़े हैं हमारे इस साइड तो ये इनकी बॉडी फ़िटनेस काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस रखते हैं अपने हेल्थ को और बाकी इनका टाइम भी होने जा रहा है अपना शरीर को रिलेटेड है ना जिम वगैरह करते हैं तो हम इनके बारे में यही कहना चाहते थे कि ये इंसान जिसको आप मेरे साथ देख रहे हो ये बहुत जल्दी यूट्यूब इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धमाल करने वाले हैं इनको आप पहचानते नहीं होंगे लेकिन मैं एक बार इनके बारे में ये कहूँगा कि ये वो शख़्स हैं कि इनके पास ऐसा टैलेंट है ना देखो इंसान के पास बहुत टैलेंट होता है लेकिन इनके पास ऐसा टैलेंट है कि ये खड़े खड़े दुखी इंसान को भी हंसा सकते हैं मैंने खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है क्योंकि मैं पहले बहुत परेशान रहता था इनके साथ जब मैंने टाइम स्पेंड किया इन्होंने ऐसी ऐसी बातें मैंने समझाई कुछ सीखने को मिला तो कई बार उस चीज़ से जहाँ मैं दुखी में रहता था तो वहाँ मेरे को हँसी भी आई मतलब बहुत कुछ सीखा बहुत मजाक हुआ भाईचारा एकदम भाई के जैसे रहते हैं हम लोग तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि ये भाई बहुत जल्दी YouTube पर आने वाले खुद के अपने चैनल पर और साथ साथ ये जो वीडियो बनाते हैं और बनाएंगे और साथ साथ आप लोग देखो एंजॉय करो और इनके चैनल पर जब वीडियो आएगी सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को ऑन करना है मुझे नहीं पता वो किस तरीके से होगा ऑन किस तरह चाहे उसे लड़ाई झगड़ा करो तोड़ो मोड़ो कुर्सी मारो मुझे नहीं पता वो रेड बटन कैसे प्रेस होगा कैसे क्या कर चाहो उसे लड़ाई करो झगड़ा करो बस क्लिक हो जाना चाहिए मतलब हो जाना चाहिए चाहे उसे ईट मारो पत्थर मारो लेकिन रेड प्लस का जो बटन है इनके चैनल का और जिससे भी ये चैनल बनाएंगे जिस नाम से भी वो क्लिक हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए मतलब हो जाना चाहिए चाहे जैसे मर्जी हो बाकी मिलते हैं ऐसे दुआओं में याद रखें एंड लव यू खुदा खुदाफिस मिलते हैं बहुत जल्द टेक केयर